तो हेलो दोस्तों वेलकम करते हैं एक न्यू वीडियो में तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ मजेदार होने वाला है तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट वायरल टैक्स ऑन ट्यूब बडी मतलब ट्यूब बडी से वायरल टैक्स कैसे देखे और आप लोगों को मैंने इसलिए इसके पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था ट्यूब क्या चीज़ है कैसे काम करता है उसको यूज कैसे करते हैं और साथ ही साथ ट्यूब बड़ी के हेल्प से आप लोग अपने वीडियो को रैंकिंग करा सकते हो और साथ ही साथ वीडियोस को प्रोफेशनल बना सकते हो यदि आप लोग उस वीडियो के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे इसी टै इसी चैनल पे आपको उन उन वीडियो का आप लिंक मिल जाएगा आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो तो गाइस आपको कैसे ट्यूब बड़ी से वायरल टैग देखना है आज आपको मैं सिखाऊंगा तो यहाँ पर आप लोग ट्यूब बडी से ये भी जान पाओगे कि आजकल के जो ऑडियंस है यूट्यूब में सबसे ज़्यादा क्या सर्च करते हैं आप लोग ये जान पाओगे और इससे आपका जो जानना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको उसी टॉपिक में वीडियो बनाए बनाना है जिस टॉपिक्स जिस टॉपिक से रिलेटेड जो ऑडियंस वो सर्च कर रहे हैं तो आपको उसको करने के लिए ट्यूब बडी एप्लीकेशन पर जाना है तो आपके पास ट्यूबबडी एप्लीकेशन नहीं है तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको ट्यूबबडी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा तो आपको सिम्पल सा ट्यूबबडी एप्लीकेशन ओपन कर लेना ये सबसे ओपी एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन की मदद से आप लोग भाई साहब क्या ही बोले एकदम प्यो बन सकते हो तो यहाँ पर बहुत नीचे नीचे पांच टाइप के यहाँ पर ऑप्शंस दिखेंगे एक है हमारा कमेंट तो यहाँ पर आप लोग कमेंट देख सकते हो किसने क्या कमेंट करा है उसको रिप्लाई देख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर माइलस्टोन मतलब आपके चैनल में कितने सब्सक्राइबर है कितने लाइक है कितने वीडियो है या आप, आपको यहाँ पर शो कराएँगे और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहा है तो थ्री यहाँ पर थ्री लाइन बार में आपको क्लिक कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर तीन चार टाइप के यहाँ पर ऑप्शन है पहला जो है टैक्स फ्लोर टैग एक्सप्लोरर तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन इसको जो भी अच्छे से यहाँ पर ध्यान से देखेगा वो यहाँ पर से भाइयल टैग ले पाएगा और सेकेंड वाला जो है टॉपिक प्लेनर तो यहाँ पर आप लोग टॉपिक बना के डाल सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर टॉपिक बना के डाल दिया तो यहाँ पर यहाँ पर जो मैंने तीन टॉपिक में यहाँ पर लिख दिया इन टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊंगा इसलिए मैंने यहाँ पर प्लेनर किया आप लोग भी यहाँ पर प्लेनर कर सकते हो टॉपिक प्लेनर तो थर्ड नंबर में यहाँ पर कुछ भी नहीं है थर्ड नंबर में है लेकिन मुझे पता नहीं तो अगर यहाँ पर टैग लिस्ट है आप लोग टैक्स का लिस्ट बना सकते हो जो कि मैंने यहाँ पर नहीं बनाया आप चाहो तो ऐड करके यहाँ से टैग आप लोग बना सकते हो और साथ ही साथ आपको वायरल टैग ढूंढने के लिए आपको टैग एक्सप्लोरर ऑप्शन पे जाना है टैग एक्सप्लोरर ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर कोई सा भी टैग लिख देना है उससे रिलेटेड आप और भी टैग लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वन थाउजेंड सब्सक्राइबर वन सब्सक्राइबर तो यहाँ पर वन सब्सक्राइबर इन इन वन डे आपको ऐसे लिख के यहाँ पर सर्च कर देना है सर्च कर देने के बाद यहाँ पर तीन टैग आ जाएंगे ये टैग आप लोग अपने वीडियो पे यूज कर सकते हो तो यहाँ पर ये टैग जो है यहाँ पर से सजेस्ट कर रहे ये, ये टैग आपने वीडियो पे आप लोग लगा सकते हो तो यहाँ पर देख सको सर्च बोलिए हम ऊपर की साइड एक है सर्च बोलिए हम एक कॉम्पिटिशन और ओवरऑल तो यहाँ पर ये ये आजकल जो लोग हैं ना बहुत ही कम मतलब लो सर्च करे और इसका जो कॉम्पिटिशन है बहुत ही ज़्यादा मतलब आधे से ज़्यादा इसको कॉम्पिटिशन है और फेयर ओवरऑल मतलब ये टॉपिक कैसा है कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो गाइज आप लोग ऐसे ही आप आप लोग से यहाँ पर ये ट्याक ले सकते सकते और कॉपी करके आपके खुद के ट्याक लिस्ट पे बैठा सकते हो तो आपको कॉपी करने के लिए पर पर कर देना है तो आपको फिर से इसको कट कर देना है आपको ट्यूब कर देना है कर देने के Tube Buddy How to use Tube Buddy आपको सर्च कर देना आप लोग कोई भी यहाँ आप लोग मान के चलो आप लोग कोई भी YouTube पे वीडियो छोड़ रहे हो आपको उसी टॉपिक पे सर्च कर देना है और उसी टॉपिक में जो भी यहाँ पर आपको टैग शो करेगा, उसी टैग को आपने टैग लिस्ट पे लगाना है तो यहाँ पर लिख देता हूँ How to use Tube Buddy। तो क्या इस, इसका सर्च वॉल्यूम कैसा है हम लोग दिखते हैं तो पर लिख के आपको सर्च कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इसका जो सर्च वॉल्यूम है बहुत ही कम है और कंपटीशन सबसे हाई है मतलब आजकल के जो यहाँ पर यूट्यूब क्रिएटर है सबसे ज़्यादा इसी पे इसी पे कंपटीशन कर रहे हैं और ओवरऑल ये थोड़ा बैट है क्योंकि ये ऐप के बारे में बहुत बंदे जो नहीं जानते तो आपको यहाँ पर से तीन जो टैग दिख रहे हैं उनको आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है तो यहाँ पर सपोज़ यहाँ पर सिर्फ हम लिख देते हैं ट्यूब पर तो यहाँ पर ट्यूबे लिखने के बाद यहाँ पर फिर से हम लोग सर्च करेंगे करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते तो हो सर्च वॉल्यूम वेरी हाई मतलब आजकल के जो ऑडियंस है सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक पे सर्च करें तो आपको भी क्या करना है जिस टॉपिक पे ज़्यादा सर्च आ रहा है उसी टॉपिक पे आपको वीडियो YouTube पे अपलोड कर देना है ताकि आपके वीडियो पे भी व्यू आ सके तो competition very high, overall, यहाँ पर कॉम्पिटिशन वेरी हाई ओवरऑल यहाँ पर बैड नाइन्टीन है तो आपको यहाँ पर से कॉपी कर देना है और यहाँ पर से लिख देते हैं फोर फोर थाउजेंड पर वॉच टाइम How to complete watch time? How to complete watch time? तो यहाँ पर मैं ये टैग मतलब यहाँ पर टैग लिख देता हूँ How to complete ई watch time, watch time, watch time. तो यहाँ पर watch time लिखने के बाद how to complete watch time, watch time in YouTube. YouTube लिख के यहाँ पर मैं मैंने सर्च कर दिया सर्च कर देने के बाद यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तीन तीन टैग आ चुके हैं तो आपको जो भी टैग अच्छा लगता है आप लोग ले सकते हो तो, तो यहाँ पर आपको एक ही सर्च में छः टैग मिल जाएगा तो यहाँ पर रिलेटेड पे आपको तीन मिल जाएगा ऑटो तो कंप्लीटेड पे आपको तीन मिल जाएगा आप लोग को ऐसे पर कॉपी कर लेना है तो इसका सर्च बोलियो है वो है 49 मतलब आधा आधा जो इसका सर्च मतलब मतलब यहाँ पर आधे लोग इसको सर्च कर रहे हैं तो आपको भी इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए कि कैसे 4000 घंटा ऑल मतलब वेरी गुड है तो गाइस आपको भी ऐसे वायरल टैग ढूंढना है और आप लोग यहाँ से जान पाओगे की कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है आजकल तो गाइस वीडियो कैसा लगा जरूर कॉमेंट करके बताना मिलते हैं